एक बीज को बहुत समय लगा तब कही उगा जमीन तोड़ फिर पला बड़ा विकास पंथ पर एक एक बूंद शक्ति जोड़कर आ गया विकास उसके चाल पर खेल उठा प्रसव एक डाल पर किंतु